से ही नहीं गिरते हैं फूल झोली में इसके लिए कर्म की साख को हिलाना होगा और अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा मेरे यार इसके लिए अपने हिस्से का दिया आपको खुद जलाना होगा नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में तो छात्रों आप सबको पता है कि बोर्ड की परीक्षाएं खोपड़ी पे आ गई है और हम लोग पढ़ाई लिखाई तेज कर चुके हैं है ना आपका त्रिकोणमिति चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है लास्ट क्लास है क्योंकि 8.4 ये लास्ट है इसमें टोटल पांच क्वेश्चन हैं पहला क्वेश्चन में जो है वो ज्यादा पार्ट है नहीं एक ही पार्ट है दूसरे क्वेश्चन में भी एक ही पार्ट है हा? जो भी है ठीक है आगे पूरी बात समझते जाइएगा और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें दो पार्ट है ठीक है और चौथे क्वेश्चन में क्या है भाई चौथे क्वेश्चन में बाबू इसमें ढेर सारे पार्ट है पांचवे में भी ढेर सारे हैं तो हम सब एक वीडियो में करेंगे ठीक है क्लास में छोड़ा क्वेश्चन आपके सामने पर है। इसे ध्यान से गौर से और प्यार से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है त्रिकोण मितीय अनुपातों साइन ए, ए और टेन ए को कार्ट के पदों में व्यक्त कीजिए मतलब तीन त्रिकोण मितीय अनुपात है साइन सेक और टेन इनको कॉट के पदों में लिखना है ठीक है तो कुछ चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी वो मैं यहां पे लिखते जाऊंगा और आपको दिखाते जाऊंगा क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पहले सूत्र लिखूंगा तो तुम ध्यान नहीं दोगे क्योंकि उसमें मजा नहीं आएगी ठीक है तो पहले क्या करना है बाबू हमें साइन ए को कट ए के पद में लिखना है ठीक है तो इसका हाल यहां से शुरू होता है देखो स्क्रीन पर दिख रहा है ना साइन ए सेक ए और टेन ए इन तीनों को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है तो मैं एक एक करूंगा देखिए बच्चों आप सभी जानते हो प्यारे साथियों कि साइन A को हम लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे आप इसको लिख सकते हो ये कैसे लिख सकते हो तो भाई देखो बेटा इसमें क्या है ना इसमें एक सूत्र होता है साइन ए बराबर ये फॉर्मूला है यहाँ देख लीजिए उसको मिटा दूंगा गुड़ा वाला उससे टेंशन मत लेना ये साइन ए इक्वल होता है वन अपान क्या, क्या होता है भाई कौशक ए ठीक है वन अपान क्या होता है कौशक ए तो अगर ये सूत्र होता है तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं साइन स्क्वायर का ए वन अपान काशेक स्क्वायर है ऐसे भी तो हो सकता है न ठीक है तो यहाँ फिर थोड़ा सा कहानी समझना आगे क्या मैं बताने वाला हूँ ये कौशक है हाँ, स्क्वायर है अगर यहां से हम वर्गमूल सॉरी वर्ग हटा दें जो स्क्वायर है तो इधर साइड वर्गमूल हो जाएगा ना वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा ना ऐसे देखो सिंपल सा बात है भाई जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है आ, पांच हाँ, स्क्वायर और इधर लिखा है ए का स्क्वायर ऐसे होता ना आप पैथाकोर्स पर पढ़े हो तो यहां से अगर ए बराबर निकालेंगे तो अंडर का स्क्वायर हो जाएगा इसको आप सभी जानते हो दस में पहुंचे हो ना यहां से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या होगा अंडर उठ लग जाएगा तो कुछ वैसे कहानी यहां हुई हमने ऐसा क्यों किया इसको आप कहोगे भाई ऐसी जरूरत क्या पड़ी क्यों लिखा है इसको आपने ऐसे तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि हमें इसको क्या करना है बाबू हमें इसको कार्ट में बदलना है किस में बदलना है इसको कार्ट में बदलना है ठीक है तो आगे देखो इसको क्या लिख सकते हैं देखिए आगे अब हम इसको क्या कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूं ध्यान देना देखो भाई हमें इसे कार्ट के पदों में लिखना था और मैंने स्क्वायर इसको जानबूझ के बनाया है स्क्वायर बनाने का रीजन था क्योंकि ये स्क्वायर ए प्लस वन ये होता है किसकी जगह पर ये कौशक की जगह पे हो सकता है इसलिए इसको ऐसा बनाया गया ये आंसर हो गया आंसर हो गया क्योंकि हमें साइन ए को कार्ट के पद में लिखना था मैंने लिख दिया ये कॉट के ही पद में है देखिये सर्व इससे आप यहां ब्रेकर्ड में लिख लीजिए ये सूत्र था इसके माध्यम से इसको किया गया था यहाँ पे लिखिए क्योंकि क्या होता है ये प्लस वन इक्वल होता है कौशे स्कवायर ये मुख्य सर्वसमिका है याद रखना भैया हम्म ये सूत्र है बाबू इसी के मदद से इसको किया गया ये सर्वसमिका है इसको लिख लीजिए ठीक है इसी के अकॉर्डिंग इसकी जगह पर ये किया जा सकता है या फिर इसकी जगह पर इसको किया जा सकता है ठीक है डन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना चलिए लिख लीजिए अगला देखते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी ले लीजिए क्योंकि मैं इसको स्क्रीन से हटा रहा हूं बहुत जल्दी करिए अगला जो है जिसे हमें बदलना है कॉट ए के पद में वो क्या है सेक ए है देखिए साथियों सेक ए को हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट वन प्लस ये टेन स्क्वायर ए इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं आप कहोगे ऐसे कैसे लिख सकते हो ऐसे इसलिए लिख सकते हैं चूंकि ये सर्वसमिका होती बाबू ये होता है ना सेक्वायर ए, ए प्लस वन इक्वल टेन स्क्वायर ए या फिर इसको सीधा फीधा ऐसे मत लिखो ऐसे कम अच्छा रहेगा ये इसका थोड़ा उल्टा होता है ये माइनस का टेन स्क्वायर बराबर वन ठीक है माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर ये क्या है ये सर्वसमिका होती है और इसी के माध्यम से आप इसको निकाल सकते हो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाएगा ठीक है हमें इसको क्या करना था इसको कॉट के पद में लिखना था क्योंकि क्वेश्चन में कहा था सभी को कॉट के पद में लिखना है ना भैया तो हम लिख सकता हूं इसको वन अपॉन ये कॉट स्क्वायर नहीं सही है, नहीं सही, है। सही है क्योंकि आप सबको पता है भी तुम्हें पता होना चाहिए कि tan A A बराबर cot होता है ठीक है इसी तरह से sin सा, A बराबर cosec होता है sec A बराबर होता है ये सभी इनके अपोजिट होते हैं ऐसे ही होते हैं ठीक है लेकिन आप कहोगे ये काट के पद में हो गया नहीं यहां पे आंसर नहीं हुआ फाइनल आंसर के लिए अभी इसको और भी हल करेंगे इसका क्रास मल्टीपल करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए ये प्लस वन और ये कॉट स्क्वायर ए ठीक है अंडरवूड दोनों पे लगा याद रखना ऊपर और नीचे ठीक है ये बात समझ के चलना तो साथी मेरे क्या करोगे अब वर्गमूल दोनों में अलग अलग कर दो uh, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन और नीचे का वर्गमूल नीचे कर देते हैं ठीक है बहुत ज्यादा हिचकी आ रही पता नहीं कहा होने वाला है तो ये ऊपर का वर्गमूल ऊपर ऐसे ही रहेगा नीचे का क्या होगा इधर स्क्वायर भी है इसमें याद रखना तो स्क्वायर है भैया तो स्क्वायर और वर्गमूल दोनों हट जाएगा बाबू तो ये आएगा कॉट ए ठीक है यही फाइनल में आंसर हो जाएगा कुछ लोग समझ नहीं पाए होंगे इस पर से स्क्वायर और वर्गमूल कैसे हट गया जरा समझना देखो भाई बाबू समझो इधर अगर कहीं अंडरवुट तीन का होल स्क्वायर है ना समझना जैसे मान लो ये एग्जांपल समझा रहा हूं जैसे काट वाला था तो इसका मतलब क्या है जरा सोचो इसका मतलब है कि अंडरवुट नौ आएगा तो सीधी सी बात है तीन त्रिका नौ होता है तो जब नौ का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा तीन आएगा बोलो आया ना लास्ट में वही आया ना यानी हम यही अगर आपको बता दें कि इनको कुछ ना करो ना तो स्क्वायर करके नो करो ना इनका वर्गमूल करो डायरेक्ट तीन निकाल लो बस डायरेक्ट तीन निकाल लो वही आंसर है तो वैसे तो यहाँ पे किया ना समझ गए ना मैं तुमने कोई ये नहीं कहा कि काट का स्क्वायर कर दोगे तो काट स्क्वायर हो जाएगा फिर वर्गमूल करोगे तो काट जाएगा हाँ मैंने कहा डायरेक्ट हटा दो ठीक है ये हो गया क्वेश्चन में क्या कह रहा था एक बार फिर से दिखा देते हैं स्क्रीन पर भाई दिखा दीजिए क्वेश्चन कहा गया पहला वाला आप सबको पता है अभी नहीं है। और टैन ए इनको काट के पद में लिखना था मैंने साइन और सेक का कर दिया अब चलिए टेन ए को काट के पद में लिखते हैं टेन ए अगला इसका स्क्रीनशॉट जल... बहुत जल्दी ले लो ये समझाने के लिए था बगल में उसको नहीं लिखना है सबसे आसान यही है सबसे आसान है क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं सीधा सीधा लिखना है ब... तो भैया टेन ए को हम लिख सकते हैं बाबू वन अपान बस ये हो गया यानी पहला क्वेश्चन हो गया एंड खत्म हो गया ये सभी याद रखना ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ इधर देख लो देखो बाबू साइन ए का जो उल्टा होता है वो होता है कौश तो साइन ए को वन अपान कौशिक लिखा जा सकता है उसी तरह से कौश्य ए को वन अपान साइन लिखा जा सकता है ठीक है ना भैया याद रखना sec a बराबर वन अपान कॉस ए लिख सकते हैं तो बेटा इसी क्रम में कास ए को वन अपान सेक ए भी लिख सकते हो ठीक है समझ रहे हो ना इसी तरह से अगर आगे बढ़े अगले लाइन में तो कॉस a इक्वल अच्छा कॉस का हो गया ठीक है इसी तरह से टेन a का होता है टेन a को क्या लिख सकते हो ये सूत्र है याद रखना फॉर्मूला है ये ठीक है एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ tan ए को लिख सकते हो वन अपान मतलब मतलब जो उनके अपोजिट होते हैं वही होते हैं आगे ठीक है उसी क्रम में cot ए को तुम लिख सकते हो tan ये सब याद रहेगा तभी आगे जाके कुछ कर पाओगे ठीक है मैंने साइन का बता दिया cos का बता दिया अपोजिट tan का बता दिया हम्म ठीक है इनके जो अपोजिट है साइन का कौशे उसका भी बता दिया कॉस का शेक है उसका बता दिया टेन का बता दिया मतलब ये चार और ये दो छे छे हो गए ना ये याद रखना मिनी फार्मूला है हम्म इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है कहीं काम लगे तो साइन स्क्वायर ये कौशिक स्क्वायर है भाई दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो क्या जाता है इसका स्क्वायर करोगे तो वो नहीं रहेगा उस पर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है एक तो ये तरीका जो बताया वो था एक आप सब पे स्क्वायर लगा के भी लिख सकते हो सब पे स्क्वायर लगा दो ये भी एक सूत्र है ठीक है सभी पे स्क्वायर लगा के भी एक फार्मूला बन सकता है तो याद रखना बिल्कुल याद रखना कभी नहीं भूलना हिचकी आ रही पता नहीं कौन याद कर रहा है इसे लिख लीजिए मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ नेक्स्ट नंबर पे आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सेकेंड नंबर दिखाइए भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके आ चुका है ये तो बहुत आसान है थोड़ा अलग है सबसे ये एक लाइन का प्रश्न है क्या लिखा है पढ़िए ऊपर क्वेश्चन थोड़ा ब्लर होगा लेकिन दिख रहा है ना कह रहा है कोण दो के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए मतलब जैसे इसमें कॉट में लिखना था वैसे कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी sec ए को अगर छोड़ दिया जाए तो sin cos tan तैन cosec और काट इन सबको sec ए के पद में लिखना है चलिए करते हैं देखिये मैंने लिख लिया है साइन ए को साइन ए को क्या करना है भैया इनको सेक ए के पद में लिखना है ठीक है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोण अनुपात को बोला है मतलब साइन अः कौश जितना भी बचते हैं सब सब में लेकर और उन्हें सॉरी के रूप में बदल देना ठीक है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये सर्वसमिका होती है आप दस में हो आपको इतना पता है तो भैया हो बाबू हो कौश को अभी मैंने बताया कि वन अपान लिख सकते हो तुम हाँ कौश की जगह पे क्या लिख सकते हो वन अपान लिख सकते हो तो वन माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे वन अपान सेक का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है डन अब इसको हल करेंगे आगे सरल करेंगे क्रॉस मल्टीपल होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान ये सेक स्क्वायर ए कैसे हो गया सेक स्क्वायर ए का मल्टीपल वन में हुआ वन का वन में हुआ सेक स्क्वायर ए का वन में, में हुआ ये ऐसे होता है जैसे एक बटा दो माइनस होता है तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है ना बिल्कुल वैसे होता है इतना हो गया इतना यहां करने के बाद में यहाँ ऊपर आ जाना ये वर्गमूल का चिन्ह याद रहे दोनों पर है अंश और हर दोनों में ठीक है ना बाबूआ ठीक है ना हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को अब इसमें काम कर सकते हो तुम तो तो वो क्या है वो ये है कि वर्गमूल का चिन्ह दोनों जगह अलग अलग कर सकते हो ये सेक स्क्वायर का वन और नीचे वाले पर भी ये सेक स्क्वायर अलग से ठीक है अब क्या होगा इसके आगे लगा देता हूं इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं माइनस वन और ये sec a नीचे से वर्गमूल हटा के ही आंसर लिखते हैं ठीक है तो ये फाइनल आंसर हो गया अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है इस पर स्क्वायर भी था वर्गमूल भी था तो स्क्वायर हटा देते हैं ऐसी इस स्थिति में आपको पता है मालूम है मैं कई बार बताया हूं ऐसा कई बार आया है।, है ना तो कैसे हल करना इसको सबसे पहले यहां से शुरू करना है ऐसे यहां तक आना है यहां के बाद यहां जाना है और फिर यहां जाना है ये हो गया आपका साइन ए का सेक ए के पद में ठीक है अगला चलिए करते हैं अगला भाई कह रहा था सभी को करना है ना अन्य सभी को तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है डॉन्ट वरी साइन का हो गया इसी तरह से कॉस का कर लेंगे तो कौश तो आसान है सेक में बदलना इसमें तो कुछ करना ही नहीं है कर लोगे ना सभी लिखो आप लोग कौश ए बराबर तो कॉ बराबर लिखोगे डायरेक्टली 1 अपान सेक ए बस हो गया लिख देता हूं मैं बराबर क से बराबर लेकिन सभी ऐसे नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसका अपोजिट अपोजिटाइस ले ऐसा हो गया कॉस ए इक्वल वन अपान सेक ये हो गया डन अन्य सभी को कहा था ना ठीक है तो टेन ए को कर लो भैया यहां लिख दो सर्वसमिका से या सूत्र से हम्म टेन ए टेन ए को भी हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं बाबू इसको हम लिख सकते हैं से स्क्वायर ए माइनस वन ये भी क्या सर्वसमिका से चूंकिक्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर एक्वल वन होता है और इसी सूत्र से ये बन जाता है कैसे बन जाता है वो तुमको पता है कक्षा अच्छा दस में हो है ना नहीं आता तो बेसिक मैच ज्वाइन कर लो बाबू ठीक है कैसे करते हैं पता है तुम्हें भाई यहां से हमें टेन का मान निकालना है तो माइनस टेन निकालेंगे तो वन माइनस से हो जाएगा दोनों तरफ क्या होगा माइनस से गुड़ा हो जाएगा हाँ दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका आगे बढ़ जाएगा ठीक है डन देखो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता दिए हूं देख लो छाप लो ये इस तरह से ये टेन ए बराबर इतना हो सकता है इसी सर्वसमिका से माइनस टेन स्क्वायर ऐसे लिख लिया बराबर की जगह बराबर लगा के वन को ऐसे लिख दिया ये सेक स्क्वायर इधर गया माइनस में हो गया अब माइनस वन से दोनों तरफ गुड़ा कर दिया तो जो ये माइनस था वो क्या हो गया प्लस हो गया तो भैया ये सेक भी प्लस हो गया वन माइनस हो गया क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल हो गया ठीक है तो टेन ए बराबर इतना हो गया यह भी नहीं समझ में आया बेटा तो जीरो लेवल ज्वाइन कर लो क्योंकि बिना जीरो लेवल ज्वाइन के आगे कल्याण नहीं है ठीक है अगला करते हैं कौन सा tan ए करते हैं चलो tan ए को में दिखाएंगे tan का तो हो गया था सिर्फ एक बचा था जो बचा उसको कर लेते हैं कौशे को बदलना है किसमें? में कौशे को बदलना sec के रूप में तो भैया कौशेक a इतना होता है अभी अभी हम साइन ए का मान निकाले थे इसके रूप में निकाले थे ना अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन से ऐसे ही कुछ निकला था ना अभी शुरू में आपको पता है सबको अच्छे से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है बाबू ये अकेला है यानी ये भी वन अपान वन कर सकते हैं इसको क्रास मल्टीपल ऐसे कर देंगे पलट जाएगा ये तो फाइनल में सेक ए अपान ये अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, ए माइनस हो जाएगा ठीक है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था इसके सारे पार्ट खत्म हो गए दूसरा भी इंडो हो गया ठीक है नोट कर लीजिए क्वेश्चन सेकंड चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं ध्यान देना बिल्कुल कहीं नहीं जाना है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बस तुरंत क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा है ध्यान से देखिए कह रहा है कि इनके मान निकालिए मान निकालिए मतलब सीबीएसई बोर्ड में लिखा होगा इवलवेट uh, क्या लिखा होगा इवलवेट ठीक है तो चलिए इवेलवेट करते हैं यानी इसका हम मान फाइंड करते हैं कैसे करते हैं स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है बेटा साइन स्क्वायर सिक्सटी थ्री डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ट्वेंटी डिग्री नीचे अपान कॉस स्क्वायर सेवनटीन डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर सेवनटी डिग्री यानी आंसर ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ से हल शुरू करते हैं साइन स्क्वायर को हम ऐसे रहने देंगे ठीक है प्लस की जगह प्लस देखो बेटा साइन स्क्वायर 27 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस सिक्सटी इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जब 90 से 63 घटाओगे तो 27 आ जाएगा तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस सिक्सटी ठीक है किसी को कोई डाउट नहीं चलो ठीक है डन आगे देखते जाना कॉस स्क्वायर वन सेवन, सेवन और फिर प्लस का साइन है तो प्लस और कॉस स्क्वायर देखो बेटा 73 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस सत्रह क्यू नब्बे माइनस सत्रह लिख सकते हैं क्या हाँ लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को चलिए अब समझते जाना बहुत आसान है आंसर आ गया साइन स्क्वायर सिक्सटी और साइन स्क्वायर नब्बे माइनस नब्बे माइनस थीटा बेटा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना भैया आप सबको पता है नब्बे माइनस थीटा कॉस में बदल जाता है उसी तरह से नीचे वाला जो है ये कॉस स्क्टीन और ये क्या होगा ये किस में बदल जाएगा ये साइन में बदल जाएगा चचा है ना कॉस नब्बे माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा साइन नब्बे थीटा इक्वल थीटा यह सूत्र होता है ये तुम्हें याद रहना चाहिए ये साइन नब्बे माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा याद रखना ये फार्मूला है ये सूत्र है ठीक है और कॉस नब्बे थी थीटा, थीटा ये सूत्र है याद कर लेना ये बड़ा ब्रेकट लगा है क्योंकि छोटा ब्रेकट दो बार इकट्ठा नहीं लगता है समझ में आया क्या है ये सूत्र है ठीक है अब एक फार्मूला ये भी है समझते जाओ सारे फार्मूले ही है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है ठीक है क्या होता है वन होता है तो यानी इसके ऊपर की जगह पे क्या करोगे वन कर दोगे नीचे क्या होगा यहाँ भी वन होगा फाइनल में वन आंसर आएगा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना इस तरह से आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है तो बेटा इसका स्क्रीन इस ले लो जल्दी से झट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी करिए स्क्रीन शार्ट लीजिए वीडियो को रोक करके लिखिए चलिए पार्ट देखते हैं दूसरा पार्ट देखिए स्क्रीन पर आपके सामने है सबसे ऊपर साइड में आपको दिख रहा है आप इसमें थोड़ा सा माइंड दौड़ाइए अपना और मुझे बताइए प्लस कॉस्ट ट्वेंटी फाइव इंटू साइन सिक्सटी फाइव ठीक है डन चलो तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करेंगे इसको भी हम हल कर देते हैं आधा मिनट के अंदर ध्यान देना देखो बेटा लिखा है साइन ट्वेंटी फाइव ना इंटू कॉस्ट सिक्सटी फाइव तो हम एक काम करेंगे हम साइन टवेंटी फाइव को यहाँ पर ऐसे का ऐसे लिख देंगे इंटू कॉस है 65 न, तो देखो बेटा कॉस्ट जो सिक्सटी फाइव है उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस नब्बे माइनस ट्वेंटी फाइव मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है देख लो दिख रहा है ना यानी कॉस्ट सिक्सटी को हम ऐसा लिख सकते हैं फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे और 25 है, तो कास्ट 25 लिख देंगे इंटू साइन सिक्सटी है देखो बेटा साइन 65 की जगह पे तुम लिख सकते हो क्या लिख सकते हो साइन 90 माइनस ट्वेंटी लिख सकते हो ना ऐसा चलो क्वेश्चन खत्म हो गया मैंने क्वेश्चन हटा दिया आप सोलूशन यहीं से शुरू होता है तो यह हो जाएगा साइन ट्वेंटी जैसे था वैसे ही कॉस 90 माइनस थटा इक्वल हो जाता है साइन थीटा प्लस ये काश 25 फाइव साइन नब्बे माइनस थीटा इनटू हो जाता है कॉस थीटा क्या हो जाता है बेटा कॉस थीटा थीटा की जगह पे 25 ये दोनों देखो एक साथ एकदम सेम है इनका मल्टीपल हो जाएगा साइन स्क्वायर ट्वेंटी और ये कॉस स्क्वायर ट्वेंटी ठीक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मान होता है वन कितना आसान था ना सोलूशन हो गया इसका भी रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पुश करके कोई भी डाउट है तो बताइए नहीं ना अगला क्वेश्चन पे पढ़ेंगे फोर नंबर पर बहुत जल्दी करिए देर मत किया करिए और हां अगर आप हमें यूट्यूब पे देख पा रहे हैं बाबू तो बिल्कुल फ्री क्लास के लिए पी स्टडी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें पी स्टडी इलाहाबाद चैनल पी स्टडी थ्री चैनल ये दोनों आपके नाइन्थ क्लास के लिए हैं PVR study पर सारी क्लासें मिलती हैं ठीक है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं उसके बाद इसको जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों है ठीक है तो फर्स्ट नंबर देखो बेटा कहाँ कहाँ कह रहा है इसका फर्स्ट पार्ट आप सबको दिख रहा है नाइन सेक्स स्क्वायर ए ठीक है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन ये टेन स्क्वायर ए और नीचे आपको चार इसमें से ऑप्शन दिए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है सो वरी इसमें हम 9 कॉमन ले सकते हैं तो सेक स्क्वायर ए और माइनस का ये टेन स्क्वायर ए आ जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू वन इक्वल नाइन इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ऐसा क्यों है क्योंकि बेटा देखो ये सर्वसमिका होती है आप सबको पता होना चाहिए कि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल वन होता है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं ना ये पहला कम्प्लीट हो गया चले सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं पहला पार्ट हो गया आपका सेकंड पार्ट देखिए देखो बेटा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसका सलूशन इतना मैंने पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि जल्दी हो जाए क्योंकि बहुत लेट हो रहा है क्लास बहुत बड़ी हो रही है ना तो देखिये क्वेश्चन में क्या कहता है बहुत ध्यान से देखिए कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है। tan साइन कॉस के पद में इनको मैंने तोड़ लिया है ठीक है क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ केवल सल्यूशन वाली लाइन लिखा हूँ ठीक है तो वन की जगह पे वन लिखा हूं ये तो नीचे वन छिपा दिया जिससे बन जाए और जो कॉट सॉरी आपका जगह पेन थीट कर दिया और प्लस फिर हमने लिख दिया थीटा। उसी तरह से अगले क्वेश्चक में भी कर दिया। थीटा पे साइन माइनस कौशक की जगह पे वन अपॉन साइन इतना करने के बाद हमने एक काम किया इन सबका एल्सियम लिया इन सबका जब एल्सियम लिया तो कॉस थीटा आया क्या कॉस्टा तो कॉस्टा क्या हो गया एल्सियम हो गया भाई तुमको भिन्न हल करना आता है LCM में पहली भिन्न के हर से भाग करेंगे तो जब वन से भाग करेंगे साइन थीटा में तो थीटा आएगा तो थीटा। ऐसे यहां भी करोगे हर जगह ऐसे इसमें भी कर लिया इतना हो गया ठीक है यहाँ पे कॉस्टा प्लस प्लस आप कहोगे तो फॉर्मूला तो तो तो होता है A B नीचे जो आया था उनको वैसे लिखते गए इनमें कुछ भी बदलाव नहीं रहे हैं हर वैसे ही है ठीक है तो लास्ट में इनके मान रख दिए का A का मान ये इतना माना था इसको पूरा लिख दिया और बी का मान लिख दिया अब हमें बी का स्क्वायर के सूत्र में ओपन करेंगे और बस चंद मिनटों में आपका क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने आ जाएगा ठीक है तो ऊपर आप लोग ध्यान देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र याद रखना और बताना मुझे क्या होगा भाई कोई बताएगा कुमार बताओ क्या होगा मनु सिंह मोहित देखो कुछ बच्चे कमेंट के पीछे बहुत पकड़ाए हैं बेटा कमेंट के चक्कर में ना पढ़ो सिर्फ तुम पढ़ाई के चक्कर में पढ़ो चलो मैं इसका फार्मूला ओपन करता हूँ अब इनको ले जा करके ऊपर ओपन करिए फार्मूला देखिए समझिए देखो बेटा ये सूत्र होता है साइड में लिख रहा हूं ध्यान देना यहाँ दिखेगा ना ये सूत्र होता है ए प्लस का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए का और धन टू ये आप सबको पता है इसमें कोई डाउट नहीं है <t -eta, repair> तो यहाँ पर ए की जगह पे कॉस थीटा है बी की जगह पे साइन थीटा है ठीक है तो यहाँ से मैं इसको लिखना शुरू करूंगा यहाँ के बाद में आप लोग यहाँ आके समझोगे ठीक है बेटा तो ए का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा है धन बी का स्क्वायर होता है तो बी की जगह पे साइन है तो साइन थीटा हो जाएगा और फिर धन टू होता है तो धन टू ए की जगह पर तो कॉस थीटा और बी की जगह पर साइन थीटा ठीक है डन फिर माइनस का वन होता है तो ये माइनस का वन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नीचे क्या हो जाएगा नीचे देखना क्या हो जाएगा समझना नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बस कोई डाउट नहीं अब साइन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है इसका मान क्या होगा वन होगा क्या होगा वन होगा तुम सबको पता है बहुत अच्छे से पता है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हम्म तुम्हें पता है ना ठीक है तो बेटा इसकी जगह पे पूरे की जगह पे वन हो जाएगा तो आपका वन प्लस ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन ध्यान रखना ये मैंने साइन को आगे कर दिया कॉस को पीछे कर दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है ओके नीचे देखो नीचे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ठीक है बेटा क्लियर कोई दिक्कत नहीं ना नीचे मिटा सकता हूं मैं मिटा देता हूं कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम तो बता देना अब इसमें देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये वन प्लस में है दूसरा वाला वन क्या है माइनस में है तो वन से वन कट जाएगा तो जब one से कट जाएगा तो क्या बचेगा यार सीधा सा बात है कि सीधा सा दो बचेगा बस क्यों क्योंकि वन से वन कट जाएगा इसमें ये टू साइन थीटा इंटू थीटा नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भाई टू गुड़ा में है ये मल्टीपल में है तो ये इसको ऐसे कर सकता है ना यानी ये से ये नीचे कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा फाइनल में टू आएगा आंसर इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ कोई डाउट है तो बताइए निसंकोच बताइए कमेंट करिए आगे बढ़े बहुत जल्दी नेक्स्ट थर्ड पार्ट दिखाइए चलिए वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड थर्ड नंबर देखिए कह रहा कि सेक ए और प्लस टेन ए दूसरे को वन माइनस साइन ए ये किसके बराबर है भाई ठीक है कोई दिक्कत की बात तो इसमें है नहीं की कि किसके बराबर है चलो कर लेते हैं इसमें भी आपको बिल्कुल सिस्टम तरीके से चलना है हलो सेक ए को हम लिख सकते हैं क्या को हम वन अपान कौन से लिख सकते हैं इसे तुम लोग होमवर्क करोगे ठीक है होमवर्क भी एक आध करो मैं सब नहीं बताऊंगा होमवर्क करो इसे चलो कर लोगे ना बोलो हाँ कर लोगे कर लोगे ना अगला पार्ट देखो बेटा अगला पार्ट भाई फोर नंबर इसको होमवर्क कर लेना मुझे लगता है फोर भी होमवर्क दे दें क्या हुँ? कर लोगे कि नहीं चलो फोर बता देता हूँ बता देता हूँ ठीक है लिखो लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए चौथा पार्ट देखिए ध्यान से कह रहा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर ए देखो बाबू इसको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं इसका आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए डी ऑप्शन सही है क्यों सही है कैसे सही है मैं दिखा रहा हूं देखो ध्यान दो क्वेश्चन लिख दूँ क्या चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं अभी तक मैं कोई क्वेश्चन लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ वन प्लस और ये वन कॉट स्क्वायर ए ठीक है ये आपका मुख्य सवाल है देखो भैया जो वन प्लस टेन स्क्वायर है बेटा इसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर लिख सकता हूं ठीक है इसकी जगह पे सेक स्क्वायर लिख सकता हूं और वन प्लस जो कॉट स्क्वायर है इसकी जगह पे कौशेक स्क्वायर लिख सकता हूं ये सर्वसमिका होती सूत्र होता है क्या सूत्र होता है ये वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल ये कौशेक स्क्वायर ए ये क्या है? एक सूत्र होता है सर्वसमिका होती है ठीक है जो कि की वन होती है ठीक है वैसे एक सूत्र भी होता है वन प्लस, ये ध्यान इक्वल सेक स्क्वायर ए ये भी एक सूत्र होता है तो इसी के आधार पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं देखो बेटा जो कॉस है कॉस स्क्वायर भाई सॉरी सेक को क्या लिख सकते हो तुम वन अपान कॉस सेक को इतना लिख सकते हो उसी तरह से कॉस सेक को तुम लिख सकते हो वन अपान साइन स्क्वायर है इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नो no डाउट अब ये चार हो गए तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर में गुड़ा तो ये साइन स्क्वायर है अपान ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है ये हो जाएगा टेन देखो बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है।, है ना कोई किसी को डाउट है तो बताओ नई डाउट ना आगे बढ़े नेक्स्ट बहुत जल्दी करो फटाफट नोट करिए स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर अभी तक आपने पीवीआर वी आर स्टडी थ्री पॉइंट जीरो नहीं किया तो यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करें और पीवीआर स्टडी को फेसबुक इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो कर लें जिससे क्लास के बारे में प्रत्येक सूचना आपको मिल सके हर जगह कहीं भी सर्च करो पी वी आर स्टडी पी फार पैरट बी फार वाहन और आर फार रेट पी वी आर स्टडी स्टडी मतलब पढ़ाई चले आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट देखो भाई फाइव वाला फाइव नंबर पार्ट नहीं है क्या इसमें नहीं है ना नहीं इसमें चार ही पार्ट था इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आगे बढ़ेंगे अगला फाइव नंबर इसमें सिद्ध करना है मतलब प्रूफ करना है एल एच दो पद दिए गए हैं इनको क्या करना बराबर प्रूफ करना है ठीक है तो हम पहले इसमें एल ले सकते हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पद ले लेंगे ये एल ठीक है डन अब इसको हम हल करना शुरू करेंगे एल आप चाहो तो एक बार लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जो भी पद है उसे एक बार लिख लिया जाता है ठीक है अब हल करते हैं देखो भाई कौशिक थीटा को बाबू वन अपान साइन थीटा हम लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा को आपको पता है कॉट थीटा को कॉस थीटा अपान थीटा लिख सकते हो लिख सकते हो ना भाई कॉट को कॉस अपान तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब क्या करोगे अब क्या करोगे बेटा इनमें क्रास मल्टीपल करोगे ऐसे ऐसे हम्म तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस क्यों क्या चाह रहे हो होगा कि नहीं ऐसा क्यों करेंगे क्रास मल्टीपल चला सोचो जब दोनों में साइन थीटा साइन थीटा बराबर है तो हम ये सब क्यों करेंगे कोई मतलब ही नहीं क्रास मल्टीपल करने का बराबर है ना तो कुछ नहीं करना ऐसा ठीक है अगला स्टेप कर लो इसमें एक प्लस पॉइंट मिल गया क्योंकि दोनों में नीचे साइन थीटा बराबर है तो ये हो सकता है वन माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा इसका हम कर सकता हूं होल स्क्वायर क्यों क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है यहाँ वैसे ऑलरेडी है तो क्यों क्या कोई दिक्कत नहीं दो बार था इसलिए एक बार लिख दिया क्योंकि ये दोनों हर हर बराबर है ठीक है बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं ना बाबू नहीं दिक्कत आगे चलो देखो हम एक काम कर सकता हूं इनको दोनों को अलग अलग दिखा सकता हूं वन माइनस cos स्क्वायर थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना ठीक है डोंट वरी आ, देखो इसको ऐसा करना अभी सही रहेगा कर लो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत तो नहीं है हाँ कोई दिक्कत नहीं लेकिन लाना क्या है हमें इसको उसके अनुसार लेके चलना होगा हा माइनस का माइनस अगर कट जाएगा तो क्या बचेगा एक ऊपर माइनस बचेगा एक प्लस बचेगा हमें इसमें लाना है वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस्थीटा तो इसको ऐसा करना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है ऐसा कर भी नहीं सकते हैं इसे ऐसा कर सकते हैं वन माइनस एक कोष्ठक में हा? और थीटा दूसरे में तभी काम बनेगा ठीक है ये सभी सर्वसमिकाएं होती हैं आपको याद रहनी चाहिए ठीक है बेटा ये वन माइनस कॉस थीटा इसका मतलब ये है कि ये वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो भाई होल स्क्वायर है मतलब इसको दो जगह लिख दिया ठीक है ये होल स्क्वायर का मतलब इसको दो जगह लिख देंगे तो इसलिए इसको दो जगह लिख दिया नीचे दिख रहा है ठीक है वन माइनस कॉस थीटा ये भी वन माइनस कॉस थीटा देखो बेटा समझना बाबुआ साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसमें किसी को कोई डाउट कोई हैरानी परेशानी नहीं हाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना तो भाई इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसमें हम स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर लगाने से इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कर सकते हैं ना तो इस पर क्या करेंगे आप स्क्वायर लगा लेंगे और फिर आगे लिखिएगा यहाँ इसके बाद यहाँ आ जाइएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नीचे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी बन जाएगा हाँ ए प्लस बी ए देखो ये माइनस माइनस एक एक कट गया बचेगा वन माइनस कॉस् थीटा वन प्लस कॉस थीटा इक्वल आर एच एस सिद्ध हो गया कोई डाउट नहीं किसी को नहीं ना ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था इसलिए ये मिटा दिया लिख लीजिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए कहीं भी कोई संकोच है तो बताइए बिल्कुल बताइए तुरंत बताइए ठीक है इसके अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं इसका भाई पार्ट पार्ट दिखाओ सेकंड चलो करते हैं देखिए इसका अगला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ध्यान दीजिए बहुत ही आसान है इसमें क्या करना है बेटा देखो क्रास मल्टीपल करना है ठीक है मतलब तिरछा कूड़ा करना है ध्यान देना कॉस ए और ये भी कॉस ए है तो कॉस ए का कॉस ए में क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा ठीक है तो कॉस ए का जब कॉस ए में मल्टीपल करोगे तो क्या बनेगा ये कॉस स्क्वायर ए ठीक है क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए तो इसको लिख लेंगे क्या लिखेंगे यहाँ नीचे लाइन में देखो ये कॉस स्क्वायर ए ठीक है वन प्लस साइन और वन प्लस साइन इसका मल्टीपल करोगे क्योंकि आपको क्या करना है क्रास मल्टीपल करना है तो 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा ये होल स्क्वायर ठीक है नीचे कॉस ए का इसमें गूढ़ा हो जाएगा ये आप सबको पता है क्रॉस मल्टीपल करना हर किसी को आता है इसमें कोई नई बात या फिर कोई बड़ी बात नहीं है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये कॉस ए ठीक है समझ में आ रहा ना सोते जागते लोगों सबको आ रहा है ना चलिए देखिए आगे हाँ भाई कुछ लोग सोने लगते हैं बीच बीच में इसलिए बोल रहा था चलिए देखिए अब ये क्या होगा ए प्लस बी का सूत्र बन जाएगा तो बेटा ये a और ये थोड़ा सा समझना, दिल लगा के समझना a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और टू ए सिंपल सा है बिल्कुल इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं है तो इसमें लग जाएगा फार्मूला a का स्क्वायर b का स्कूल ए की जगह पे 1 है b की जगह पे साइन ए है ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं कक्षा दस में पहुंचे हो कोई छोटका बच्चा तो हो नहीं कि मैं तुमको एक एक चीज बताऊं इसमें इतना तो मालूम ही है ठीक है अब क्या करोगे देखो बेटा ये जैसे है वैसे का वैसे रहेगा इसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे इसका कोष्टक चाहे हटा दो कोई मतलब नहीं है ठीक है अब यहां से थोड़ा सा समझना बस थोड़ा सा देखो भाई साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर जो भी है पहले कॉस है फिर साइन है आ, आपको समझ में आए इसलिए हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं चलो तो साइन स्क्वायर है पहले लिख देंगे फिर कॉस लिखेंगे फिर ये वन लिखेंगे फिर टू और ये साइन है एक लाइन में एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ जिससे तुम्हें समाज में आए फिर ये ना कहो कि नहीं आया ठीक है इतने में कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चा अब इसकी जगह पे बाबू 1 हो जाएगा ये 1 पहले से है इसलिए दोनों क्या आ हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 क्यों हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटर प्लस का सर्वसमीका है इसका मान 1 होता है होता है ना सबको पता है आगे बढ़े क्वेश्चन स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ लापता कर देता हूँ अब इसको इसके आगे हल करते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो ये वन हो जाएगा इतने की जगह पे इतने की जगह पे वन हो जाएगा और ये वन मिला के टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा टू प्लस टू साइन ए ठीक है और ये वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए इसमें किसी को कोई डाउट इतने में नहीं रह गया हम्म आगे बढ़ते हैं ठीक है फटाफट चलो जल्दी से अब क्या करोगे जरा इसमें सोचो इसमें दो कॉमन हो सकता है तो ऊपर बचेगा साइन है हाँ तो चलो दो कॉमन ले लो भाई दो कॉमन ले लो ऊपर क्या बचेगा साइन है बचेगा हम्म ठीक है देखते हैं जो भी बचेगा यहाँ के बाद मैं ऊपर हल करूंगा क्योंकि नीचे जगह ज्यादा बची नहीं है इसमें हो पाएगा नहीं चलो समझना ध्यान से समझना मैंने जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे तुम भी लिखोगे तभी समझ पाओगे पहले यहां से यहां तक आए हैं फिर यहां गए हैं और यहां के बाद कहाँ जाएंगे ऊपर ऊपर मतलब यहां लिखेंगे वहां ऊपर नहीं जाएंगे जहां तुम सोच रहे हो अभी शादी भी नहीं हुई है शादी पहले नहीं जाएंगे चलो देखो इधर तो इसमें टू कामन ले लेंगे तो बेटा ये वन प्लस साइन बचेगा ठीक है क्या बचेगा वन प्लस साइन ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं नीचे क्या है वन प्लस a और ये cos ए ये नीचे था पहले से ना हाँ ये क्या है cos ए ठीक है तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कट गया कैंसिल हो गया डन ऊपर क्या बचा भैया ऊपर बचा है टू नीचे बचा है cos a देखो बेटा इसे लिख सकते हैं टू अपन इतना लिख सकते हैं ना न हुँ? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना देखो वन अपन कॉस एक के लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा टू और sec आर RHS एस हेंस प्रूव्ड इंग्लिश वाले लिख लेंगे हिंदी वाले लिख लेंगे अतः सिद्ध हुआ यही तो करना था सेकंड पार्ट में डन इसमें कोई डाउट किसी को नहीं ना समझ गए ना बेटा देखो यहाँ से मैंने हल करना शुरू किया यहाँ तक आए फिर यहाँ किया और यहाँ के बाद में डायरेक्ट ऊपर गए फिर यहां तक किया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना आगे चलें चलिए अगले इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाइए भाई थर्ड पार्ट दिखाइए थर्ड पार्ट देखिए स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तुम्हें नीचे देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना टेन थीटापन माइनस प्लस टेन थीटा इक्वल वन प्लस सेक्तिटा इन टू कॉसेक्टा इसको तो आप लोग खुद कर लोगे ना तो ये पार्ट आप लोग होमवर्क कर लेना भाई थर्ड वाला और फोर नंबर पार्ट दिखाइए क्योंकि मैं अभी तक सारे पार्ट करवा रहा हूँ जैसे मैंने वन टू बताया वैसे आप थर्ड और फोर का होमवर्क कर लेना फाइव नंबर थोड़ा कठिन है मैं बता रहा हूँ ठीक है फाइव नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है बेटा ध्यान देना फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है कौश ए माइनस साइन ए प्लस वन अपान कौश ए प्लस साइन ए माइनस वन इको इसको प्रूव करना है कौशे ए प्लस कॉट ए के बराबर ठीक है तो बेटा ये एलएचएस मैंने लिख लिया है ठीक है लिख लेना ये क्या है एल एच एस ओके एलएचएस मैंने ले लिया है अब इसको क्या करेंगे हम हल करेंगे किसी भी तरह से हल करके हमें कौशक ए प्लस कॉट लाना है लेकिन त्रिकोण जो है ना उसके रूल का फॉलो करना है पालन करना है ऐसा बिना नियम का कर नहीं करना ठीक है तो अब क्या करेंगे अब यहाँ पे आप लिख सकते हो अंश व हर में साइन ए का भाग करने पर ठीक है क्योंकि ये जैसे स्थिति में है ऐसी स्थिति में इसको कॉस कॉट कुछ भी बदलना आसान नहीं है तो इसमें क्या करेंगे बेटा इसमें कॉस ए से सभी में भाग दे देंगे सॉरी साइन ए से तो कॉस से पहले से है इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा माइनस ये साइन ए पहले से था इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा प्लस वन अपान इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा आप ही मैंने सिर्फ आंस में किया है अब बाकी आती है नीचे हर वाले की तो कॉश ए है कॉस ए इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा और प्लस ये साइन ए इसमें भी साइन ए का भाग हो जाएगा माइनस वन इसमें भी क्या हो जाएगा साइन ए का भाग हो जाएगा तो बेटा देखो जब इस तरह से तुम भाग करोगे फाइनल में देखना कॉस अपान साइन ये हो जाएगा कॉट ए ठीक है माइनस साइन साइन कट जाएगा वन आ जाएगा और प्लस यानी ए इसमें कोई डाउट नहीं ये कॉस अपान साइन ये भी हो जाएगा कॉट ए ये साइन साइन कट जाएगा प्लस वन माइनस कॉशक ए इसमें देखो कोई किसी को दिक्कत नहीं है लेकिन हमें कौशक ए प्लस कॉट ए लाना है यहाँ पे जो वन वन इसमें आ रहा बीच में ये नहीं लाना है तो भैया ये वन को हम लगाएंगे कहा आखिर हमें काम कर सकते हैं वो क्या है यहाँ तक लिख लियो तो आगे बढ़े आगे यहाँ बढ़ते हैं ध्यान देना इसके बाद में इधर चलेंगे भाई समझते चलना बाबू समझते चलना अब देखो इसमें काम में कर सकता हूँ कॉट ए हे प्लस कौशक ए इसको मैंने दोनों को ही इकट्ठा लिख लिया कौटे प्लस है और ध्यान रखना ये जो माइनस का वन है ना चलो एक बार तुम फिलहाल लिख ही देता हूँ लाइन बढ़ जाएगी लेकिन आपको समझाना है नहीं तो मैं कन्फ्यूजे तो लो ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को इतना मैंने क्या किया ये वन को किनारे कर दिया दोनों में बस और कुछ नहीं किया अब देखो बेटा इसमें काम कर सकते हो तुम वो ये ऐसे ये कॉट ए और प्लस ये कौशे माइनस वन की जगह पे लिख सकते हो क्या लिख सकते हो कौ स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ठीक है क्यों लिखेंगे अभी लास्ट में बताऊंगा पहले लिख लो बस कौ स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है ये तुम लिख सकते हो वन की जगह पे ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं ना अभी बताऊंगा ऐसा क्यों करवाया मैंने एक्चुअली हमें प्रूव करके कौशक कौशक के प्लस कॉटे लाना है तो हम इसको ऐसा लिखेंगे तो इसमें अभी एक कैंसिल हो जाएगा एक बच जाएगा ठीक है तो ये इसको ऐसे लिख लो आप cot a माइनस ये कौशिक ए प्लस वन इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ठीक है अब इसमें हम एक काम करेंगे कौन सा काम करेंगे आप इसमें ध्यान दो भाई कुछ कॉमन ऑमन हो जाएगा कुछ गुड़ा उड़ा हो जाएगा मल्टीपल कर सकते हो कुछ करके देखो कुछ मुझे बता क्या हो सकता है सोचो अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्या कॉमन है क्या नहीं है अभी इसमें बनाना पड़ेगा वो क्या है भाई देखो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो तुम एक्चुअली ये कैसे मैंने लिखा क्यों लिखा बताऊ यहाँ पर लिख लो चाहे चुप्पे से ऐसे चूंकि ये समीका होती है कौन सी ये स्क्वायर ए और माइनस कॉट ए इक्वल होता है ये सूत्र होता है याद रखना ठीक है ऊपर मैंने लिखा वो क्या है फॉर्मूला होता है तो बेटा उसकी जगह पे इसको मैंने लिख दिया था ठीक है अब ये कॉट ए और प्लस कॉशेक ए माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बेटा ये हो जाएगा ए प्लस और ए माइनस ठीक है यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को किसी को कोई दिक्कत नहीं ना उधर साइड में ये cos cot ए है सी ओ टी कॉट ए उसके आगे कुछ नहीं है ठीक है कॉशेक ए माइनस कॉट ए ठीक है बेटा इतना क्लियर है अब नीचे जैसे जो था उसको वैसे ही लिख देते हैं ये cot a और ये माइनस a ए ठीक है माइनस कॉशक ए और प्लस वन अब देखो इसमें एक काम हो सकता है वो क्या है इसमें कॉमन हो सकता है कॉट ए प्लस के इसमें कॉमन हो सकता है क्योंकि ये जो है पूरा का पूरा और ये दो जगह हो गया तो इसमें कॉमन हो जाएगा क्या कॉमन हो जाएगा कॉट ए प्लस ये कौशक ए कॉमन हो जाएगा बेटा तो जब ये पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा तो वन बचेगा और माइनस अंदर में भाई देखो एक जगह प्लस वाला था एक जगह माइनस वाला था तो माइनस वाला तो बचा ही है ना एक जगह तो ये कोष्ठक आप लगा दो बड़ा वाला तो ये बचा है अभी कौशक ए माइनस कोट इसमें कोई डाउट नहीं किसी को नीचे वाला ऐसे नीचे लिख देंगे जैसे था कॉट ए माइनस कॉशक ए प्लस वन ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को नहीं अब इसमें कोई डाउट है तो बता देना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें किसी कोई परेशानी नहीं चलो ठीक है डन अब देखो बेटा यहां पे एक चीज तुम समझो वो क्या है इसमें कुछ हो सकता है चेंज वो क्या है अगर हम ये कोष्टक ओपन करें ये यहन करें तो तुम्हें मिलेगा कि ये जो है लगभग एक समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी नहीं समझ में आएगा ना ठीक है इतना लिख लो फिर मैं बताता हूं जल्दी करो इतना लिख लो फिर मैं मिटा रहा हूँ हो गया इतना इसको मिटा रहा हूँ ठीक है अब देखो तुम समझ जाओगे बहुत अच्छे से प्यार से बिल्कुल इतना करने के बाद देखना और प्यार से देखना ठीक है चलिए देखिए अगर लिखा नहीं था आपने तो वीडियो को बैक करके अभी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लिख सकते हो हम्म और अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हो बाबू तो फिर स्क्रीन तो नहीं कर पाओगे रोक करके लिखो देखिये यहाँ पे हम फिर इसको पूरा का पूरा यहाँ लिखेंगे दिख रहा ना यहाँ तक थोड़ा ज्यादा अंदर लिख दिया हूं कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर ठीक है कॉट ए प्लस कौशे केट ए प्लस ये कौशे के इतना ठीक है देखो बेटा ये कोष्ठक अंदर में खुल जाएगा तो पहले माइनस है इसलिए अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो ये बड़ा कोष्ठक तो रहेगा अंदर में वन माइनस थोड़ा जगह में लिखेंगे cosec a और वो प्लस हो जाएगा ठीक है cosec a और प्लस ये cot a ठीक है डन कोई दिक्कत नहीं ना तो बेटा ये हो गया आपका cosec a माइनस एक मिनट सॉरी नीचे जो था वही लिखना भाई बदलना नहीं है हा? जो था वही लिखना बेटा नीचे था आपको कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस वन अब यहाँ अगर आप एक बात ध्यान दो तो कॉट ए है इसमें भी कॉट ए है प्लस में है देखो यहाँ पे कॉट ए प्लस में है कि नहीं है ये सी ओ टी कॉट प्लस में है ना माइनस कौशे ए है इसमें भी माइनस कौशक ए है प्लस वन है, प्लस वन है इसमें भी प्लस वन है तो भाई ये पूरा पूरा कर सकता है आप उसमें ठीक है ये पूरा पूरा सब और ऊपर का सब तो बेटा क्या बचेगा क्या बचेगा बाबू ए प्लस ये के बचेगा इक्वल यही सिद्ध करना था। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आप समझ गए होंगे इसमें कोई प्रकार का आपके अंदर डाउट नहीं बचा होगा है ना? अगर कोई डाउट है तो बता दो अभी नहीं ना ये मैंने कहा था ये थोड़ा छूट रहा था उसके आगे कुछ था नहीं लिख लीजिए रोंक के वीडियो को लिखिए अगर आप YouTube या Facebook या Twitter, Instagram पे कहीं डेब के रूप में देख पा रहे हैं तब आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ पी वी आर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना कर आगे बढ़ें चलिए इसका आगला पार अगला पार्ट दिखाइए छठवां नंबर अगला पार्ट आपके सामने आ चुका है ध्यान दीजिए कह रहा है कि वन प्लस साइन अपान वन माइनस साइने इनको हल करके हमें सेक और प्लस टेन लानी है ठीक है आसान है चलिए हम एलएचएस में जो कुछ करेंगे इसको करेंगे तो एलएचएस ले लेते हैं वैसे एलएचएस लेने का मतलब एक बार फिर से उतारा जाता है ठीक है उसके बाद है कुछ करा जाता है ये लगाने का तरीका है इसमें हर परमयीकरण करेंगे परमयीकरण आप जानते हो ना करना इसमें किसी को कोई दिक्कत है नहीं तो ये मैंने ऐसे लिखा ये वन साई ने परमयीकरण का मतलब है उसी पद से जैसे भी वो दिया है उससे क्या करना है गुड़ा करना है केवल चिन्ह बदल करके ये इसी को बोलते हैं परमयीकरण इसे इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं बताना कमेंट करके ठीक है बेटा ओके डन ए प्लस बी ए प्लस बी फाइनल में आपका हो जाएगा अंडरवुड के अंदर ही सब कुछ तो ये एक समान है तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर ठीक है ये a- b, a+ b, ठीक है तो क्या हो जाएगा बेटाइए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ना अब देखो एक काम कर सकते हो इसमें तुम वर्गमूल अंश व हर दोनों में अगर है इस तरह से इसे हम कुछ और भी कर सकते हैं समझते चलना समझते चलना क्या कर सकते हैं इसका वर्गमूल हटा सकते हैं कैसे हटा सकते हैं थोड़ा सा समझना पहले अलग कर देता हूं तब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर वर्गमूल और नीचे भी कर सकते हैं आ, नीचे इसको कर लो अलग से आ, देखो इसको तुम कॉस लिख सकते हो कॉस लिख सकते हो न भाई इसका जब स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो ये कॉस बन जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना नो no प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं तो देखो बेटा समझो समझो थोड़ा सा समझो अगर यहां समझना अगर अंडरवुड चार का होल स्क्वायर है तो इसे हम चार लिख सकते हैं कि नहीं आप कहोगे नहीं कैसे लिख सकते हो देखो रूल से समझो ये तो शार्टकट था कि हम चार लिख सकते हैं रूल ये कहता है कि इसका जब होल स्क्वायर करोगे बेटा तो सोलह हो जाएगा सोलह वर्गमूल और 16 का वर्गमूल फिर से चार आएगा आएगा ना भाई अगर अंडरवुड फोर का होल स्क्वायर करोगे तुम तो अंडरवुड सोलह इसका वर्गमूल चार आएगा, तो सीधा हम ये 16 ना लिख के डायरेक्ट चार लिख देना जहां हमें डायरेक्ट आंसर का काम है वहां से लिख सकते हैं तो उसी तरह से उसी तरह से बच्चा हम क्या कर सकते हैं जिसका वर्गमूल लगा है वर्गमूल और स्क्वायर ये दोनों चिन्ह हम हटा सकते हैं ठीक है तो ये बचेगा वन प्लस साइन ए नीचे इसमें भी ऐसे कर सकते हैं स्क्वायर हटा सकते हैं वर्गमूल भी हटा सकते हैं तो ये हो जाएगा कौश है ये वन अपान कौश ए और इन टू साइन एन इसे हम अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि है दोनों के नीचे है तो बेटा ये वन अपान कौश है ये हो जाएगा सेक ए इंटू टेन ए क्यों भाई यही करना था कुछ क्या प्लस में लाना था ना एक मिनट सॉरी समझना भाई बीच में प्लस है ना बाबू तो ये प्लस लगा लो यहां भी प्लस लगा दो हो आंसर ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं है ये प्लस था इसलिए हो गया बराबर क्या हो गया आर लिख दीजिए क्या हो गया आर ये प्रूफ हो गया सिद्ध हो गया इस तरह से आपका छठा हो गया इसमें कुल दस पार्ट है चलिए सातवा पार्ट आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पार्ट दिखाओ भाई चलिए अगला नेक्स्ट आज के ये चैप्टर जो आपका चल रहा आठवां ना खत्म भी हो जाएगा फिर नौवा चैप्टर चलेगा कल से ठीक है चलो अगला देखा अगला अगला पार्ट आपके सामने आ चुका है सतवा आप स्क्रीन पे देखिए नीचे सबसे नीचे क्वेश्चन दिख रहा है देखो बाबू इसको होमवर्क कर लेना आप लोग ठीक है क्योंकि इसके पहले के और बाद के लगभग मैं सब बताया हूँ इसे आप होमवर्क कर लेना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ध्यान देना आठवा नंबर में बताऊंगा ये थोड़ा बड़ा लगेगा लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है मैं इसे बताऊंगा स्क्रीन इस पे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर भी मैंने लिखा है दोनों जगह दिख रहा है ना चलो क्या कहता है कह रहा कि साइन ए प्लस कॉ ए का होल स्क्वायर और प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल सेवन प्लस स्क्वायर ए और प्लस स्क्वायर ए इसको हल करना है थोड़ा सा बड़ा लग रहा है देखने में कोई दिक्कत नहीं इसे हम जो साइन ए प्लस ए, है ना, इसे ए प्लस बी का हल करेंगे ठीक है बेटा तो चलो हल करते हैं इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और होल स्क्वायर स्क्वायर यानी का दिख रहा ना थोड़ा बड़ा जाएगा लिखा जा, मतलब लिखना ज्यादा पड़ेगा तो ये साइन स्क्वायर है प्लस ये कौशक स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को ठीक है और प्लस होता है ए की जगह पर साइन है और बी की जगह पर कॉस ही करोगे ठीक है भी स्क्वायर तो यानी कॉस स्क्वायर धन बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर ठीक है और फिर क्या हो जाएगा बेटा आगे इंटू, इंटू होगा कि प्लस होगा टू cos a, Into sec a. ये दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया ओपन हो गया पूरा फाइनली ठीक है हम क्या कर रहे हैं एल एच एस को लेकर के हल कर रहे याद रखना आप लोग एक बार चाहे फिर से लिख लेना एल एच एस ठीक है बेटा एल एच एफ लेकर के हम इसको हल कर रहे हैं ठीक है क्लियर अब देखो यहां पर समझना थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान रहेगा साइन uh, square ए और कॉस इकट्ठा करो जो सर्वसमिका बनाते हैं उनको इकट्ठा करो तो साइन स्कवायर ए ये प्लस स्क्वायर उसी तरह से बेटा जो जो लिखेंगे पहले इनको अंडरलाइन कर लेंगे ये इन दोनों मैंने लिख लिया अब इसी में तुम और सेक को इकट्ठा कर लो ये कौशे स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए ये मैंने लिख लिया ठीक है अब ये टोटल बचा है और वो बचा है ठीक है तो इन दोनों को भी लाएंगे पटक पटक के लिख देंगे हाँ पहले इसको लेके आएंगे तो बेटा ये हो जाएगा a और cosec ए को तुम लिख सकते हो वन अपान साइन बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं ना cosec ए की जगह पे वन अपान साइन लिख सकते हो ठीक है वैसे इसको भी ले लो प्लस टू इंटू क्या है ये कौश a और इंटू सेक ए की जगह पे वन अपान क्या से ठीक है डन अब देखो बेटा ये साँगे से साइन ए कैंसिल हो गया ठीक है ये इतना फार्मूला बन गया कौश स्क्वायर थीटर प्लस सेक्वायर थीटा यह से भी क्या हो गया वन हो गया इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना ठीक है नो डाउट डोंट वरी चलो अब देखो बेटा बाबू भैया समझो थोड़ा सा समझो ये और ये तो भैया वन हो गया क्यों वन हो गया नहीं? कि नहीं किना लिखे मन इसको भाई क्या कहते हो एक बार देखो देखिये बेटा जैसे मैंने लिख लिया वो तो ठीक है आ, लेकिन हमें सात लाना है लास्ट में सिद्ध करके तो इस तरह से सेवन नहीं आएगा हम एक काम करेंगे हम इसके पूरे की जगह पे तो वन लिख देंगे ठीक है लेकिन कौशिक जो स्क्वायर थीटा है ना बेटा इसकी जगह पे वन प्लस स्क्वायर थीटा लिखेंगे वन स्क्वायर लिखेंगे किसकी जगह पे लिखेंगे पूरा पूरा की जगह पे और प्लस सेक की जगह पर वन प्लस टेन स्क्वायर ए लिखेंगे और प्लस ये दो और ये दो यानी हो जाएगा ये चार अब देखना समझना हमने ऐसा क्यों लिखा देखो बेटा ये सेक स्क्वायर एक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है देखो ये होता है ना चूंकि सेक स्क्वायर एक्वल वन ये टेन स्क्वायर ए होता है इसलिए मैंने लिखा ये सर्वधमिका है और ये भी होता है क्या ये भी होता है स्क्वायर इक्वल वन प्लस कॉट स्क्वायर है ठीक है ये भी क्या है एक प्रकार का सर्वसमिका होती है ठीक है तो इसके माध्यम से मैंने इसको लिखा यानि समझना इसकी जगह पे बेटा इतना लिखाऊ और इसकी जगह पे इतना लिखा हूँ ठीक है तो ये वन वन और वन और ये फोर सब जुड़ेगा सेवन हो जाएगा प्लस कार्ट स्क्वायर ये टेन स्कवायर देखो प्रूफ भी यही करना था एक बार यही करना था ना उसमें बसरते टेन पहले था ये कार्ट बाद में था तो कोई दिक्कत नहीं है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ हाँ सीरियल बदलने से किसी के योगफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है लिख दो आस सिद्ध हुआ इंग्लिश वाले लिखेंगे मतलब सिद्ध हुआ ठीक है ये सीरियल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता मान पे आगे पीछे कर सकते हो एक उदाहरण अगर छोटा सा मैं बता दूं दू देख देखो चाहे चार में तीन जोड़ोगे तो सीरियल बदलने पर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ये याद रखना इस तरह से आपका अठवा नंबर हो गया डन ठीक है तो चलिए नौ नंबर देखिए इसमें कुल मिला के दस क्वेश्चन है जल्दी से इसको लिख लीजिए स्क्रीन ले लीजिये अगर अभी तक आपने YouTube पे पी वी आर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा ठीक है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे फ्री पढ़ सकें चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने नीचे आ चुका है स्क्रीन पर ध्यान दीजिए कह रहा है कि कौश के माइनस साइन दूसरे कोष्टक में sec ए माइनस कौश एक्वल वन अपन टेन ए प्लस कॉटे इसे सिद्ध करके दिखाना है ये आप लोग होमवर्क कर लेंगे ठीक है ट्राई करना भाई देखो बहुत सारे प्रश्न मैं करवा रहा हूँ दस पार्ट से मैंने छह सात पार्ट करवा दिए दो तीन होमवर्क छोड़ रहा हूँ ठीक है दस नंबर में फिर बता दे रहा हूँ मतलब लास्ट पार्ट इसका बता दे रहा हूँ इसी पार्ट के साथ आपका एट पॉइंट फोर खत्म हो जाएगा और आपका पूरा त्रिकोण खत्म हो जाएगी इसी चैप्टर के साथ में ठीक है जो ये आपका त्रिकोण अनुपात चल रहा था जिसे बोलते थे त्रिकोण का परिचय तो त्रिकोण का परिचय खत्म हो जाएगा बेटा देखो इसमें तीन पार्ट दिया है क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए नीचे दिख रहा है रहा है कि ये क्या दूसरा पार्ट है इसका अपन स्क्वायर तो एक को p मान लो एक को एक को q और r ठीक है तीन पद है इसमें lhs rhs आप मानोगे थोड़ा कन्फ्यूजन में रहोगे तो एक को p मान लेते हैं एक को q और एक को r मान लेते हैं तो मान लेते हैं कि हम चलो p वाला लिखते हैं पी आर, तीन पद है ना बेटा तो वन हम लिख लेते हैं 1 1 प्लस प्लस tan स्क्वायर और नीचे plus, ये वन ट देखो बाबू समझते चलो 1 प्लस जो tan स्क्वायर है ना इसकी जगह पे तुम sec स्क्वायर लिख सकते हो सूत्र से ठीक है और नीचे इसकी जगह पे तुम लिख सकते हो cosec स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं ना अब देखो समझते चल ना sec को लिख सकते हो बेटा वन अपान cos स्क्वायर ए और कौश को, को लिख सकते हो वन अपान साइन स्क्वायर ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नहीं अब आप इसको ऐसे क्रास मल्टीपल कर सकते हो तो बेटा ये साइन स्क्वायर a हाँ ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a क्लियर फाइनल में हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर a बराबर q हो जाएगा ठीक है यानी ये क्या था आपका पी था बराबर क्यू सिद्ध कर दिया हमने पहला पद लेकर दूसरा ला दिया ठीक है इस तरह से आप दूसरा पद ला करके तीसरा पद ले आइए बस हो जाएगा चलिए एक और बचा उसको भी कर लेते हैं ठीक है डन कोई दिक्कत ना नहीं ना ठीक है तो अगला भी करवा देता हूं इसका अगला पार्ट देखिए मतलब इसी में वन माइनस तो भी है उसको लिखता हूं दिखाता हूं लिख के देखिए जो मैंने पी क्यू आर माना था उसमें हमने एक बार तो पी को ले करके क्यू को ला दिया अब क्यू को ले करके क्या करेंगे आर को लाएंगे ठीक है तो ये दिया है भाई लिख लिया इसको मैंने क्यू ठीक है अब देखो बाबू इनको क्या करेंगे वन माइनस ये टेन स्क्वायर ए जैसे है ऐसे रहेगा सॉरी ये टेन स्क्वायर ए नहीं है ये कुछ और है अगर इसे आप ध्यान से देख रहे हो आपको यहां पर अनुभव हो रहा होगा ये टोटल का होल स्क्वायर है ना इसको हम ऐसे लिख के वन माइनस इसकी जगह पर जो कॉट ए है इसे पूरा पूरा हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए की जगह पे वन अपान tan ए लिख सकते हैं क्योंकि जो हमें आंसर लाना है वो tan के रूप में लाना है मतलब इसको हल करके tan का स्क्वायर ए लाना है यही लाना है ना इसलिए मैंने सब को tan के रूप में कर लिया ठीक है ऊपर जैसे है उसको वैसे लिख देंगे वन माइनस ये टेन स्क्वायर ए सॉरी uh, अभी स्क्वायर स्क्वायर मत लगाओ अभी बाहर से ही स्क्वायर लगाते जाओ यहाँ पे स्क्वायर मत लगाओ ठीक है डन इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को नीचे आ जाओ क्रॉस मल्टीपल करो तो ये टेन ए हो जाएगा इसका गुड़ा होगा वन और नीचे ये टेन ए होल स्क्वायर था पूरे का सो मैंने कर दिया इसमें कोई डाउट नहीं किसी को चलो अब देखो बेटा ये फ्रैक्शन के रूप में है नीचे लेकिन ऊपर ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं था यह अकेला था ठीक है तो यहाँ हल करेंगे ध्यान देना अब ये नई लाइन हो जाएगी समझते चलना बिल्कुल प्यार से हाँ ठीक है तो देखो इसको ऐसे लिख देंगे वन माइनस ये a और इसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे इसका होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं कुछ नहीं करना इन इसको बेटा देखो ये पलट जाएगा यह हो जाएगा tan a अपन ये tan uh, a माइनस वन हो जाएगा अभी आपको थोड़ा डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा कुछ सेकेंड हमारे साथ रुकना अभी सब क्लियर हो जाएगा ठीक है अब पूरे का होल स्क्वायर था तो जो भी है ये पूरे का होल स्क्वायर ठीक है ऐसे ही करते जाएंगे समझ जाना देखो बाबू ये tan a है यानी tan वाला प्लस में है वन माइनस में है और देखो तो आंसर आ गया हमें 10 का स्क्वायर ये लाना है ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा लेकिन ये और ये कट जाए तो ये कट सकता है कब हम इसमें एक काम करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे अगर माइनस वन कामन ले लें बेटा समझना तो ये माइनस वन कामन लेने से क्या हो जाएगा माइनस का वन हो जाएगा जो कॉमन लेना जानते हैं उनको मालूम होगा ठीक है इसमें क्या करेंगे हम सिर्फ माइनस कामन ले लेंगे वन जाने दो तो, माइनस कॉमन और बेटा ये प्लस हो जाएगा ठीक है समझते चल ना ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इनको हम ऐसे कर देते हैं डन और ये आपका tan a और नीचे जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा इसमें कोई डाउट नहीं किसी को ये ऐसा मैंने क्यों किया कॉमन कॉमन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पूरे में से मैंने क्या किया, किया? माइनस कामन कॉमन ले लिया इतने में ही सिर्फ लिया है बस इतने में ये गुड़ा के बाद दूसरा पद है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब देखो इनको अगर लाइन बढ़ाना है तो ठीक है नहीं तो tan a प्लस है माइ वन में है ये यहीं ऐसे कट जाएगा इससे तो बचेगा क्या और याद रखना ये जो कोष्टक लगा है ना कोष्टक ऐसे लगा दो और इसका होल स्क्वायर ठीक है अब देखो भाई ये माइनस बचा है और इंटू अंदर में tan a है ना तो ये हो जाएगा आपका tan a और इसका होल स्क्वायर माइनस जो बचा है ना एक बात समझना कटने का मतलब जीरो नहीं हो जाता है कटने का मतलब यहाँ पूरा पूरा कटा तो भी नीचे वन आया होगा वन से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उतना इसलिए नीचे वाला वन की काउंटिंग नहीं होती है लेकिन ये जो ऊपर वाला वन था इसका कूड़ा होगा माइनस वन हो गया किसी भी नंबर का अगर माइनस में है उसका स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है तो इसका कूड़ा करोगे तो ये टेन ए का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा मल्टीपल करने पर फाइनस में फाइनल में प्लस हो जाएगा ठीक है बराबर क्या हो गया आर हो गया यानी आपका P Q R क्लियर हो गया ठीक है कोई डाउट है तो बताइए किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बताइए नहीं ना चलिए तो इसी प्रश्न के साथ प्यारे साथियों आपका ये चैप्टर आठवा खत्म हो गया त्रिकोणमिति मिति परिचय खत्म हो गया अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई डाउट है कोई आशंका है तो कमेंट करिए हम बताएंगे ये क्लास का टाइम प्रत्येक सुबह आठ बजे से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो आप पी स्टडी ऐप में कोर्स ले सकते हैं उसमें आपको डाउट वगैरह की भी सुविधाएं मिलेंगी अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सअप नंबर मिलता है उस पर आप पूछ सकते हैं हा? और आपको इकट्ठा कम्पलीट कोर्स मिलने से आप चाहे जितना पढ़े दिन में पांच घंटा आठ घंटा पढ़े एक महीना में पूरा खत्म कर ले सब ठीक इकट्ठा मिल जाता है यूट्यूब पे एक मिलता है मिलते हैं फिर बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इकट्ठा वाला लेना है तो नम, नीचे नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करिए लेकिन उसमें आपको फ़ीस जमा करना होगा तो अगर फ्री पढ़ना है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके पढ़ते रहो